नमस्कार दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आरएसपी न्यूज में यदि आप समुदा शिक्षक से जुड़ी सटीक एवं संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकॉन को भी दबाए ताकि इस वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं समुदाशाला शिक्षक चयनल परीक्षा जून से जुलाई दो के मध्य में कराई जा सकती है सूत्रों के मुताबिक अतिथि शिक्षकों को लेकर फैसला होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने शासन को 90 दिन में परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेज दिया था लेकिन इस बीच अध्यापक सम्मेलन व अतिथि शिक्षकों का आरक्षण जैसे मुद्दों के चलते ये परीक्षा जो पूर्व में फरवरी 2018 में करवानी थी लगातार आ, बढ़ती जा रही है वही लगातार संबदा शिक्षकों को लेकर आ रही खबरों के बीच सरकार फिर से इस मुद्दे पर संहिता होती दिख रही है माना जा रहा है की यदि ऐसा हुआ तो अगले शैक्षणिक सत्र में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को करीब चालीस से अधिक शिक्षक मिल जाएंगे चार साल से नहीं हो पा रही परीक्षा समुद्र शिक्षकों के लिए पूर्व में कई बार प्रयास किए गए लेकिन लंबे समय से ऐसी परीक्षा नहीं हो सकी मध्यप्रदेश सरकार ने 2013 में विधानसभा चुनाव के पहले दो हजार चयन परीक्षा कराने की घोषणा की थी तब से तैयारी चल रही है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड लगातार तीन साल ऐसी सम्भावित परीक्षा कार्यक्रम घोषित करता आ रहा है अतिथि शिक्षकों को पंद्रह अंक दे सकती है सरकार ऐसे मिलेंगे बोनस अंक मध्य सरकार अब दिन के हिसाब से बोनस अंक देने वाली है सौ दिन ऐसी एक वर्ष तक पांच अंक निर्धारित हैं, 200 दिन से 2 वर्ष तक दस अंक एवं उसके बाद की अतिथि शिक्षकों को पंद्रह अंक दे सकती है सरकार अतिथि शिक्षकों को मिलेगा लाभ समद शिक्षक चयन परीक्षा में अतिथि शिक्षकों के लिए 25 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे इसके अलावा उन्हें अनुभव के अंक भी दिए जाएंगे जिन्हें जोड़कर मैरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वही महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत सीटों के आरक्षण की घोषणा पहले ही मुख्यमंत्री कर चुके हैं यहाँ अटकी भर्ती वर्तमान में प्रदेश में शिक्षकों के 60,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इनमें से कैबिनेट ने इकतीस पद भरने की मंजूरी दे दी है लेकिन कुछ समय पूर्व तक चयन परीक्षा में अतिथि शिक्षकों के लिए पद आरक्षित रखने को लेकर भर्ती अटकी हुई थी कुछ माह पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है इसके बाद विभाग में भर्ती नियमों में संशोधन कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 90 दिनों में समुदाय शिक्षक चयन परीक्षा कराई जा सकती है लेकिन इसी बीच अध्यापकों के सम्मिलियन का मुद्दा आ गया और ये भर्तियाँ फिर अटक गयी वहीं ये भी माना जा रहा है ऐसे में जो परीक्षा फरवरी दो में होगी होनी थी उसके अब तक आवेदन भी जारी नहीं हो सके बारह लाख उम्मीदवार देंगे परीक्षा लगातार हो रही देरी के बीच सरकार के पुनः परीक्षा कराए जाने के प्रयासों के बीच कुछ नया सामने आया है जिसके चलते है अब मध्य प्रदेश के बाहर के उम्मीदवारों को निराशा हाथ लग सकती है और सिर्फ मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है दरअसल जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार अब यदि ये परीक्षा होती है तो मध्य प्रदेश के बाहर के केवल पच्चीस वर्ष तक के ही उम्मीदवार ये परीक्षा दे सकेंगे जबकि मध्य प्रदेश के उम्मीदवार बाकायदा चालीस वर्ष तक की उम्र तक के एग्जाम देने के लिए मान्य होंगे जैसा पटवारी परीक्षा में पदों से कहीं ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था ऐसे ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी पदों से कहीं ज्यादा यानी करीब 12 लाख तक तो उम्मीदवार ये परीक्षा देने आ सकते हैं वहीं ये भी माना जा रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा लगभग 5 लाख उम्मीदवार देने के लिए है भर्ती परीक्षा वर्ग तीन के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है इसके साथ में बी एड व डीएड भी अनिवार्य है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित वर्ग को बी एड, एड एवं डीएड में छूट दी जा सकती है वर्ग दो के लिए न्यूनतम ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होनी आवश्यक है साथ में बी एड व डीएड भी अनिवार्य है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को डीएड एवं बी एड में छूट दी जा रही है वर्ग एक के लिए न्यूनतम योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होनी आवश्यक है इसके अलावा बीएड बी एड भी अनिवार्य है जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को डीएड एवं में छूट दी जा रही है माना जा रहा है कि चुनाव साल में राज्य सरकार लगभग 35 से 45 हजार पदों पर संविदा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जिसमें अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा और शासन ने इसे मंजूर करते हुए जून के आसपास चयन परीक्षा कराने का निर्णय लिया है इस समय सामने आ रही खबरों के अनुसार समुदा शिक्षक भर्ती परीक्षा जून के आस की जाएगी वही माना जा रहा है समुदा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आना तय है क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस बारे में कई बार जिक्र किया जा चुका है वहीं शिक्षा मंत्री विजय साय भी इस बारे में पूछने पर हर बार जल्द परीक्षा कराए जाने का आश्वासन देते आसानी से देखे जा सकते हैं इन सभी स्थितियों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि यह भर्ती चुनाव से पहले आना तय है वही समुदाय से भर्ती परीक्षा पीबी के माध्यम ली जाएगी और वह भी अपने को इन परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से तैयार बता चुका है इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे समद शिक्षा के जानना जरूरी है मध्य प्रदेश शासन ने परीक्षा में आधार कार्ड को अनुमान कर दिया है ऐसे उम्मीदवार जो ने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है वो जल्द ही अपना आधार अपडेट करा ले अन्यथा उन्हें परीक्षा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है एग्जामिनेशन फीस क्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पांच रुपए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दो सौ पचास रूपये ऑनलाइन एप्लीकेशन के ओस के, के माध्यम से भरने वाले आवेदन को एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क सत्तर रूपए अतिरिक्त दे होगा व्यापक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन परीक्षा को दो पाली में कराएगा परीक्षा केंद्र एग्जामिनेशन सेंटर भोपाल इंदौर जबलपुर उज्जैन आदि में हो सकते हैं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को बी एड एंड डीएड में छूट दी जा सकती है ऐसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार जिन्होंने डीएड में बी एड नहीं किया है वो भी परीक्षा वर्ग एक दो तीन के फॉर्म भर सकेंगे जबकि अन्य उम्मीदवारों के लिए डीएड एवं बी अनिवार्य कर दिया गया है 45000 पदों पर होगी समुदाशाला शिक्षकों की भर्ती परीक्षा समुदाशाला शिक्षक वर्ग एक दो की भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराई जानी है लगभग दो से तीन मंथ तक चल सकती है समुदाशाला शिक्षक भर्ती परीक्षा समुदाशाला शिक्षक भर्ती परीक्षा में ऐसे कैंडिडेट जिनकी पढ़ाई अभी चल यानी कि रनिंग में है वे इस परीक्षा भर्ती परीक्षा के पास नहीं होंगे इनका इसका मतलब यह है अन्य वर्ग के उम्मीदवार जो जिनका में बीएड की परीक्षा होनी बाकी है वो आपात्र माने जाएंगे में की तैयारी आरक्षण दिया जा रहा है समदा भर्ती सौ दिन के अनुभव पर ही बोन अंक देने की तैयारी पर है, है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें धन्यवाद